थोड़ा फीलिंग तू तो एक ए उम्मीद कदे तो तो, तो, तो तो जाने मासूमी लुट ज गई हसाउडो चेरे तो तू यारी तेनू पुछल मेरी तो, तो यारी तला जिबू तेरे तो सामभ नहीं होना तिल टूटिया मे